गणतंत्र दिवस सारे देश में धूमधाम से मनाया गया परासनिक कॉलेज ने शहीदों के सम्मान में रैली निकाली इस रैली के जरिए देशभक्ति का संदेश दिया गया गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया इस खास मौके पर परासिक कॉलेज ने रैली निकाली इस रैली में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु समेत छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप व भारत माता के रथ की सजाई गयी थी रैली में शहीदों का सम्मान किया गया रैली को भारत की रक्षा कौन करेगा हम करोगों नारे के साथ निकाला गया